आओ भोसड़ी वालों मुझे यही उम्मीद थी अगर मैंने थंबनेल पे लुल्ली बड़े करने के नुस्खे का थंबनेल लगाया और टाइटल में हाउ टू इंक्रीज योर पिनस लिख दिया मुझे पता था तुम भोसडी वालों ऐसे चिबक के आओगे चिबक की तरह लोए में मुझे पता था आई जस्ट फोकस दिस के आओ भूसड़ी के तो इसी टॉपिक पर आज हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं यो तो सिर्फ लोडू पंथा तुम्हें मिलाने का आओ मिलकर चौदू चौदू खेलेंगे कल मैं अपने एक दोस्त से मिला उससे मैंने पूछा यार तू मेरी वीडियो क्यों नहीं देखता आखिर क्यों नहीं देखता तुझे मेरी वीडियो में क्या क्या पसंद नहीं आता तू देखता नहीं है मेरी वीडियो तो मेरे दोस्त ने कहा यार भाई तू तो यार मतलब गाली में जज्बात नहीं है तेरे गाली में वो जोश नहीं है जो होना चाहिए यार मुझे मज़ा नहीं आता यार तू गाली बड़ा तो आओ यार मैं उस भोसड़ी वाले दोस्त से यही पूछना चाहूँगा तुझे गाली मतलब जिंदगी भर गाली सुनने का ही शौक है यार इतनी कॉमेडी गाली क्यों क्यों सुनने का तू भोसड़ी के मुझे बता आखिर तुझे चाहिए क्या गाली से तेरा मन भर जाएगा तेरे बच्चे हो जाएंगे गाली से मुझे बता और भाई तुम लोग यार मैंने जब थमने लगाया पीनस को कैसे इंक्रीज करें तुम तो लोडो कितनी जल्दी मेरे व्यू बढ़े मुझे नहीं पता ये भी हो सकता था मेरा दिमाग ना बोला एक बार करके दे कैसा और मैंने किया तो तुम लोगों ने उसका बहुत बहुत जबरदस्त गाड़ रिस्पॉन्स दिया यार समझने आ गया कि हमारे देश की प्रोग्रेस आखिर क्यों होती है और क्यों नहीं होती है साले मतलब सिक्स नाइनटी परसेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे क्रॉम पे रहते हैं अब आज पता चल गया भाई आज के बाद ओनली फॉर चौदह वीडियो चलेंगे इस इस चैनल पे ओनली फॉर सेक्स नहीं चलाने वाला हूँ चाहे मेरी गांड मार लो इसको नहीं चलाऊंगा मैं बस अब मैंने कह दी और मैंने पीनस का इंक्रीज करने का थंबनेल और टाइटल लगाया तो मेरे व्यू तो गाड़ मारते हैं मुझे पता ही है इस पे व्यू तो आने हैं ऐसी वीडियो के लिए ही लोग तरस हैं तो यार बस अब तुम चौदू चौदू करो यार कुछ भी करो मुझे नहीं पता बुछड़ी के तुम्हारी जिंदगी तुम जैसे जियो जीना चाहो मैं नहीं रोकूंगा तुम्हारी जिंदगी झूलो चाहे चाहे मुझे नहीं पता बस मैं तो चलता हूँ आज की वीडियो का यही गदा मजदूरी समाप्त करते हैं और सब्सक्राइब कर दो यार तुम लंड मत चूसो सब्सक्राइब कर दो मुझे किया मैंने जीरा सोड़ा जैसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा जा ऐसा थोड़ा सा पकड़ मजा लाउड़ा